तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है इंग्लैंड के राजा हेनरी अस्टम ने 1535 में दाढ़ी पर कर लगा दिया था